दोस्ती एक अपने में गाता है जैसे कृष्ण और सुदामा का नाता है सदियों से इस गीत को हर कोई